मारी ज्ञान आगे कोराना की मारे मारी ज्ञान आगे कोराना के तड़प तड़प मत मर जो जानू बारी दिल में धक धक मारे की आरी। तीन मीटर की दूरी सोकर जाजो मोशूबा आते आशिख तीन मीटर की दूरी सोकर जाजो मोशूब आते आशिख तीन मीटर की हर छुआ छूत को कोरा ना चली जो ने गोदी भारत देश की रक्षा करे जी को ना चे मोदी घेर घेर में मोदी को टोल घेर घेर में फिर शासन फुल मोदी को टोल घेर घेर में हर डाय लॉकडाउन अब है गो तीन मई चीन देश सूचली बीमारी हर दिशा में आई कोरोना का तो रे भारत में मोदी ने देना कोरोना का तो रे भारत में मोदी ने देना कोरोना का मोदी सर को कदे ना यो भारत माया मालिक खूब करवा मोदी लार आदित्य भारत की जनता तो को ध्यान गो मोदी भारत के तो लगा और हमारा गाना देखने के लिए टाइगर ये स्टूडियो रोड बेजा बंद करा दी बंद करा दी गाड़ी कोरोना की चली बीमारी जनता मरती आगी गई तीन मीटर की दूरी बांध रुमाल सोमरी तीन मीटर की बा रुमाल मुंडरी जो थोड़ा तीन मिटर के मोदी बोले बारे, और अनु रहो बो लाल गेर सोमवार मत गडी जो चावल तो था को जीव खोजेबे तो गेर बार मत गिडी जो चावल तो थोजे छोरा बो गेर सो